सो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आइए उपच्छे हो, होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो ये तस्वीरें देख ले देख देख सकते हो ये है गांधी नगर और गांधी नगर के सामने ही दोस्तों आपको बता दूं कि फाउंडेशन बना के प्लर का स्ट्रक्चर पहले ही खड़ा कर दिया जा चुका था दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो गार्टर्स बना बना कर और यहाँ पर ये रख दिए जा चुके हैं जो कि पियर कैप बनाने का अब काम चल रहा है इस रूट पे तेजी के साथ में जो कि गीता कॉलोनी और गांधीनगर के सामने का ये व्यू है गई और आपको बता दूं दोस्तों देख सकते हो सारे में ही आप लोगों को गाटर्स देखने के लिए मिलेंगे दोनों साइड में ये गाटर्स रखे गए हैं और कुछ नहीं करना आप इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे ये प्लर ऊपर उठते चले जा रहे हैं इनकी हाइट होती चली जा रही है लेकिन फाउंडेशन बना दिया था पहले ही पिलर का स्ट्रक्चर पहले ही खड़ा कर लिया जा चुका था अब इसमें रिंग लगाए जाने और रिंग लगा कर दोस्तों सेटिंग रिंग लगा कर और इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा और उसके बाद में इस पर पियर कैप बनाने का काम इस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों जहाँ स्टार्टिंग में जब ये एक्सप्रेस स्टार्ट होता है दोस्तों ये जो मतलब कि एलिवेटेड सेक्शन है जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर पियर कैप बनाए जा रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों देख सकते हो ये गांधीनगर की रेड लाइट है और जैसे ही इस रेड लाइट को क्रॉस करेंगे वैसे ही ये राइट हैंड पर आ जाएगा दोस्तों ये यहाँ से कर्व ले, ले लेता है देखो ये जो रेड लाइट चमक रही है यहाँ से इसने ये कर्ब ले लिया दोस्तों राइट right में को तस्वीरें देख सकते हो ये चमक रहे हैं पिलर आपको ये देख सकते हो सबका फाउंडेशन बना लिया जा चुका है दोस्तों लेकिन मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को यहां का व्यू दूंगा बड़े अच्छी तरीके से और यहीं पे आपको बता दूं कि पुरानी दिल्ली का ब्रिज है दोस्तों जहां पहली बार अंग्रेज अंग्रेजी शासन ने इस यमुना रिवर पर लोहे का ब्रिज बनवाया था दोस्तों पहले सिंगल बनवाया था फिर ये डबल टैकर कर दिया जा चुका था तो नीचे तो वाहन गुजरते हैं यानी कि आम जनता के लिए है और ऊपर इसमें रेलवे के लिए दोस्तों तो काफ़ी पुराना हो चुका है डेढ़ सौ साल पुराना है तो ये कभी भी खतरा बन सकता है तो इसी के बगल में ये नया ब्रिज बनाया जा रहा दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो और यहाँ से ये ये ये पहला रास्ता घूम जाता है दोस्तों शास्त्री पार्क और ये आपका सादरा यानी कि वापसी लौट जाएगा और अगर हम ये लेफ़्ट में जाते तो देखो उसके बगल में ये नया ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों और ये सन 2003 से बनाया जा रहा है लगा लो आप लोग अभी तक बन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये बनता था फिर रुक जाता था बनता था रुक जाता तो अब जाकर ये कंटिन्यू इसमें काम चल रहा है ही तो देख सकते हो हम वापसी हो गए हैं की साइड में तो इसको भी आपको बता दिए डेहली देहरादून एक्सप्रेस वे इसको भी क्रॉस करवाएगा इस रेड लाइन को दोस्तों और रेलवे लाइन को भी क्रॉस करवाया जाएगा दोस्तों तो यहाँ से देख सकते हो हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे कहाँ के लिए देखो इधर निकलेगा यहाँ पे इसके सामने से निकलेगा जस्ट ये डेली देहरादून एक्सप्रेस में और ये शास्त्री पार्क के लिए हम मुड़ चुके हैं तो आप लोगों को दिखाते क्या शास्त्री पार्क के अंदर कितना कुछ वर्क चल रहा है क्या क्या वर्क हो चुका है वो आप लोग इस वीडियो में देखो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा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 सिंगल रोड है एक रोड इस बंद कर दी गई है और उसी पर यह बायोडेक्ट बनाया जाएगा दोस्तों तो देख सकते हो यहाँ से ये शास्त्री पार्क के सारे पिलर पिलर का फाउंडेशन बनाकर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है देख सकते हो आप लोग अब इसमें रिंग लगाए जाने और रिंग लगा के इसमें कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा फिर इसमें भर देने के बाद में फिर इस पर पियर कैप बनाए जाएँगे दोस्तों तो आपको बता दूँ कि जो गाटर्स हैं वो तो बना बना लिए जा चुके हैं दोस्तों बस इन पर आप पियर कैप जो भी लेट हो रहा है वो पियर कैप बनाने में ही हो रहा है दोस्तों आपको बता दूं कि जो टाइम लगता है वो पिलर बनाने में और पियर कैप बनाने में ही टाइम लगता है बाकी बाद में कुछ टाइम नहीं लगता है दोस्तों फिर तो बस गाटर लॉन्चिंग रखते रहो लॉन्चिंग करते रहो और फ्लोरिंग करते रहो बस चलता रहता है दोस्तों तो देख सकते हो सारे में ये सा, ये जो नजारा है दोस्तों ये शास्त्री पार्क का नजारा है देख सकते हो ये इनका कंस्ट्रक्शन यार्ड भी है उस साइड में जो ब्लू कलर की टीन लगी हुई है और इधर देख सकते हो एक रोड इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है एक साइड का अब ये बनवे खुला हुआ है बनवे ही है ये तो सामने देख सकते हो वो ब्रिज चमक रहा है देख सकते हो और यहाँ से अगर हम लाइट में राइट में जाते हैं ब्रिज के लिए तो सादरा के लिए चले जाएंगे और अगर हम लेफ़्ट में जाते हैं तो कश्मीरी गेट आईएसबीटी के लिए निकल जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो कि दिल्ली के अंदर पाँच इंटरचेंज बनाए जाएंगे दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और बताऊँगा अभी तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें देखो यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है अब फाउंडेशन अब बना लिया जाएगा और फाउंडेशन बनाकर के फिर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा किस तरीके से फाउंडेशन बनाते आप लोग देख सकते हो तस्वीरें देखो आप लोग तो ये फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है इन्होंने पाइलिंग पहले ही कर दिया था जो पाइलिंग करके जो आपको बता दूँ जो बीम निकलते अंदर के ज़मीन में से उनको तोड़ा जाता है तोड़ने के बाद में फिर सफ़ाई की जाती है सफ़ाई कर देने के बाद में दोस्तों फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाता है पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है फिर उसमें रिंग लगाए जाते हैं रिंग लगाए जाने के बाद में देख सकते हो ये है पिलर ये पाइल करके ये पांच हैं एक बीच में हैं और चार साइडों में हैं दोनों चारों साइडों अब इन्हें तोड़ने का काम चल रहा है और तोड़े जाएंगे फिर इनका सरिया निकाला जाएगा फिर इनकी मिट्टी साफ की जाएगी फिर इसमें फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों और फाउंडेशन बनने के बाद में फिर इसमें पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं दोस्तों तो यही सीन है तो आप लोग बताना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही के संत आप लोगों के बीच में वीडियोस लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों और डेहली देहरादून एक्सप्रेस बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है दोस्तों जो इसकी डेडलाइन है दोस्तों वो है दो में चौबीस में ये बन के आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा इलेक्शन से पहले दोस्तों तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो ये बारह किलोमीटर का पार्ट है एलिवेटेड दिल्ली के अंदर दोस्तों जो कि सिक्स लाइन का एक्सप्रेसवे होने वाला एक्सिस कंट्रोल्ड इसमें कहीं से भी आप लोगों को निकलने की और बढ़ने की जगह नहीं मिलने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो ये देखो ये अब इनको तोड़ा जा रहा है तोड़ने के बाद में फाउंडेशन बनाने के लिए इनका सरिया निकाला जा रहा है सरिया निकालने के बाद में इसमें जाल बिछाया जाएगा जाल बिछाया जाएगा यानी कि फाउंडेशन बनाया जाएगा और फाउंडेशन बाई साहब बहुत मजबूती के साथ में बनाया जाता है आपको क्या ही बताएँ दोस्तों आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो माए बटन में लिंक दे दूँ आप सभी को आप लोग जा देख लेना देख सकते वो जे खड़ी हुई है इसकी मिट्टी निकाली गई है मिट्टी निकाल देने के बाद में जितने भी ये पिलर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये तोड़े जाएंगे इनके अंदर से सरिया निकाला जाएगा और सरिया निकालने के बाद में फिर इसको मिट्टी को लेवल किया जाएगा मिट्टी को लेवल निकलने के बाद में दोस्तों फिर इस पर फाउंडेशन बना दिया जाएगा तो देख सकते हो ये सादरा के लिए चला जाता है और इधर की साइड में देख सकते हो ये कश्मीरी गेट के लिए चला जाता है आईटीपीटी कश्मीरी गेट के लिए यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाने का काम चल रहा है दोस्तों तो मैं आपको रोड क्रॉस करने के बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस टाइप का इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोस्तों अब यहाँ से आपको जैसे ही हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे वैसे ही खजूरी पुस्ता इस्टार्ट हो जाएगा और जो नज़ारा अभी देख रहे हो इस साइड में ये है दोस्तों शास्त्री पार्क का नज़ारा और जैसे ही हम ब्रिज को क्रॉस करेंगे वैसे ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा खजूरी पुस्ता स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों तो आप लोग बताओ देख लो केपी संत आप लोगों के बीच में दोस्तों किस तरीके से अपडेट्स लाता रहता है देता रहता है आप लोगों को लेकिन आप हो कि हमारे वीडियोस को देखते ही नहीं हो यार भेजते ही नहीं हो कहीं ज़्यादा से ज़्यादा भेजा करो भैया ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के बीच में बताओ ग्रेंड ग्राउंड लेवल पर जा जाकर मैं वीडियो शूट करता हूं धूल मिट्टी जाम जूम दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या लफड़ाबाजी होता है और आप लोग भैया थोड़ी सी रहम करो मेरे पे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट करके बताओ हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो तुरंत बेलाइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो भैया हम तो आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं आप लोगों को यही चीज़ दिखाता रहता हूं तो देख सकते हो ये इंटरचेंज के लिए ये पिलर बनाए जा रहे हैं ये लेफ़्ट वाले ये इंटरचेंज के ही पिलर हैं दोस्तों और ये राइट वाले ये मेन हाईवे के पिलर हैं तस्वीरें आप लोग देख सकते हो मैं ऐसे ही ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और आप लोगों को बताता रहता हूँ दोस्तों जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट करके बता दिया करो ऐसी क्या दुश्मनी है मेरे से बताओ आप लोग देख सकते हो ये इंटरचेंज का ही पिलर है जो कि इसको ऊपर को बढ़ाया जा रहा है अब सर ये देख सकते हो और ये देख सकते हो गाटर्स ही गाटर्स रखे हुए यहाँ पर ये गाटर्स बनाए जा रहे हैं देखो अब यहाँ से जब हम शास्त्री पार्क से आएंगे और हमें जाना है देहरादून के लिए दोस्तों ठीक है ना तो ऐसा ये घूम जाएगा इस तरीके से देखो जैसे ये घूम रहा है ना यहाँ पर ये पिलर बनाए हुए हैं और ये पिलर बन चुका है इंटरचेंज का और ये ऐसा घूम जाएगा खजूरी पुस्ता की साइड में दोस्तों ऐसे देखो ये घूम जाएगा और ये चढ़ जाएगा ऊपर यानी कि खजूरी होते हुए और ये निकल जाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत